सर <laughs> का

हेलो हाई गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लास गुवाहाटी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए तथा वन सेकेंड

सो so गाइज आप लोग मेरे चेहरे को देख के ऐसे मालूम चल गया होगा कि आज होली है डेफिनेटली आज होली है अनफोर्चुनेटली ये वीडियो जो है मैं होली के

तीन अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कुछ इशू चल रहा था यूट्यूब के साथ अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हैं तो डेफ़िनेटली आप सभी को मालूम चल गया हो तो गाइस वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूं उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बट आप लोगों को मैं एक और नया जगह एक्सप्लोर करा रहा हूँ और आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ तो ये जगह जो है मैं आपको कहाँ पर कैसे जाना होगा

सब कुछ मैं आपको डिटेल्स बोलूंगा जरूर उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। एक्चुअली उस डेस्टिनेशन तक मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं वीडियो यहां पे आके शूट कर रहा हूं

कृष्ण गुरु का आश्रम है और यहाँ पे कृष्ण भगवान का एक टेंपल भी है जो पहाड़ के ऊपर स्थित है और डेफिनेटली ये जगह जो है अभी तो फ़िलहाल सुनसान है होली के दिन कुछ होना चाहिए था मगर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे वो पता नहीं है लगता है पहले भी कोई ओकेजन यहाँ पे होता होगा बड़ा सा ओकेजन यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए तो मेरे आगे में

एक बहुत बड़ा पत्थर है शायद मैं ऐसी पत्थर जिंदगी में मतलब इतनी बड़ी पत्थर मैं जिंदगी में पहली बार दिख रहा हूँ और ये ठीक मेरे सामने में है और मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई चुका हूँ एक हम लोगों का प्राउड ब्रह्मपुत्र है यहाँ का नजारा जो है डैम दा, डैम गुड मैन डैम गुड एक बार देख लो

और ये जो पत्थर है ये उंगली जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से शुरू होती है पता नहीं आगे कहाँ तक होगा बहुत बड़ा पत्थर है अभी वहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा है मैं उसी जगह में जाऊँगा चलो ये वाली जगह यहाँ तक मुझे जाना है अभी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट मार लेते हैं

उस बड़े पत्थर पे पहुँच चुका हूँ ये लगभग आपका एट हंड्रेड मीटर्स या फिर एक किलोमीटर तक हो सकता है आराम से होगा शुरू से लेके एंड तक हाँ। वहां से ऐसे आके आपको आ सकते हैं फिर ऊपर तक चलो देखते हैं

वाओ इट्स वाव मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा आप सभी को कितना खूबसूरत दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली मैं गर्मी का मौसम में आ चुका हूं और बहुत धूप है अभी इसीलिए ज्यादा थका दिया है और मेरा पेट भी निकल गया इसीलिए थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है रोज अगर ऐसे अप डाउन करता रहूँगा तो डेफिनेटली ये वैली जो है खत्म हो जाएगा भाषण नहीं दूंगा देख लो एक बार मजा आ जाएगा

आप लोग कभी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी ये सब कुछ किया है कहीं दीवार पे जाके लिखा है पत्थर पे जाके आप लोगों ने लिखा है अगर लिखा है तो आप लोग ज़रूर एक मेमोरी क्रिएट करके रखे होंगे और वैसे भी मेमोरी यहाँ पे भी है देखो आप ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ऊपर में कृष्ण गुरु और यहाँ पे लिखा हुआ है जीमा प्लस अजय विजय प्लस विजय पता नहीं ये सब अच्छा भी दिखता है और अगर शायद ड्रोन होता तो डेफिनेटली ये जगह जो है बहुत अमेजिंग लगता

हाँ, कब ड्रोन यार ड्रोन ड्रोन म्यूजिक दी दी दी मारे जी, जी कितने असम में बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह है बहुत है बहुत जगह है जो आप लोग शायद एक्सप्लोर अभी तक किया नहीं होगा

यह है आपका पानी और चंद्रपुर के बीच में एक्चुअली ये चंद्रपुरी पड़ता है जगह और ये ठीक बैंक ऑफ द रिवर बोल सकते हैं मेरा राइट साइड में आपका रिवर ब्रह्मपुत्र है और यहाँ पे इस साइड में चंद्रपुर है और उस साइड में नारंगी है मैं नारंगी से ही आया हूँ अभी नारंगी से लगभग अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ ट्वेंटी किलोमीटर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हाईवे से जब आ रहे हैं है।

उस टाइम में आपको एक बहुत बड़ा पिलर जैसा दिखेगा जो मैं यहां पे रख के आज अभी वीडियो बना रहा हूं आसाम अभी भी नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है का पोल्यूशन बहुत कम है क्योंकि यहां पे फैक्ट्रीज बहुत कम है वो है चंद्रपुर का सबसे लास्ट विलेज लास्ट गांव ये बॉर्डर देख लो

a few moments later tum mujhe khun do main tumhe azadi dunga jahan khamosh satmeez oh ah azadi chahiye tujhe azadi aur chahiye azadi tujhe ye maaf kar do sarkar mujhe maaf kar do mujhe jaldi chhod do mujhe maaf kar do sarkar

वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा आया है लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे टिल देन जय हिंद वन्य मातरम एंजॉय आय होम बाय